तों के सामने मत झुको कहती है कि नहीं कहती कल जद्दा में मुझे एक इंडियन मिले मुस्लिम थे इंडिया के थे कहते हैं मुफ्ती साहब मैं हैरान होता हूं इतने पढ़े लिखे हिंदू इंडिया में समझ में नहीं आता ये पत्थर की मूर्तियों से मांगते क्यों हैं ये कह रहे इनको क्या हो गया चलो कोई जाहिल हो अवल तो जाहिल में भी इतनी सेंस होती है ना क्या हो गया इन लोगों को पत्थर के बने हुए भगवानों के सामने क्यों झुकते हैं वो बड़ा हैरान क्योंकि सऊदी अरब में तो बड़ा तोहहीद का माहौल है ना मुझे याद है देखो हमने भी पाकिस्तान में ना मैंने किसी को किसी के सामने झुकते हुए नहीं देखा क्योंकि हम तो मंदिरों में जाते नहीं ड्रामों में देखा था बचपन में फिल्मों में बचपन में और वो जो टीवी में यूट्यूब में कभी देख लिया सच्ची मुच्ची में नहीं देखा कभी मैं जब बर्मा गया ना पहला सफर मेरा बर्मा का जब हुआ तो वहाँ तो बुद्धिस बहुत हैं मैं जब एयरपोर्ट से निकला तो मुझे वो लेके जा रहे थे मैंने एक मंजर देखा एक बुद्ध रखा हुआ है और एक औरत और एक छोटा बच्चा वो दोनों उस बुद्ध के सामने झुके हुए अच्छा बुद्ध में भी एक बड़ा बुद्ध था एक छोटा सा उसका बच्चा बच्चा होगा भगवान का या जो भी होगा वो भी मैंने ना इस सच्ची मुच्ची में ये मंजर पहली दफा देखा था जैसे लोग मुझे वीडियो में देखते हैं जब सच्ची मुच्ची में देखते हैं करें, अरे यार सच्ची मुच्ची में देख लिया तो एक हैरान से होते हैं ना अलग कैफियत बनती है तो मैं कहता हूं यार हम तो वहां भी सच्ची मुच्ची में ही देखा आपने अब भी सच्ची मुच्ची में ही देख रहा हूं लेकिन जब अमली तौर पर इंसान किसी को देखता है तो एक अलग कैफियत होती है भाई मैंने जब वो मंजर देखा है ना मैं अजीब मेरे पर कह मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए मुझे इतना तरस आ रहा उस इंसान के ऊपर और हैरानगी हो रही कि भाई तुझे अल्लाह ने इतना मख़लूकात बना उस खातून के ऊपर अल्लाह ने तुझे अक्ल भी दी तेरी आंखें देखती हैं तेरे कान सुनते हैं तू तो एजुकेशन में महारत हासिल कर तू तो कितनी बड़ी साइंटिस्ट बन जाएगी तू तो इबादत कर कितनी बड़ी इबादत गुजार बन जाएगी तो इंसानियत की खिदमत कर हर इंसान को चाहे मर्द हो या औरत हो अल्लाह ने सलाहियतें दी है ना और ये तो किसी काम करने किसी फैक्ट्री में भट्टी में बना ही है इतनी बड़ी मखलूक जिसे इंसान कहा जाता है जिसके मुकाबले में कोई मखलूक नहीं है सितारों पर कुमंदे डालने की बातें कर रहा है समंदरों की तह में गोते लगा लगा के हीरे जवाहरात निकाल रहा है क्या कुछ इंसान ने आजाद नहीं कर लिया ना सिर्फ खाना पीना नहीं है इंसान की तरक्या तो देखे ना आप कैसे लोहे पे मेहनत की तो हवाओं में उड़ा दिया कितनी काबिलियत कितनी ताकतें अल्लाह ने इंसान को दी है और बैठा किसके सामने पत्थर के बने हुए बुद्ध के सामने बैठा हुआ है और उसके सामने सर झुका रहा है उस बुद्ध को अल्लाह अगर सेंस दे तो कैसा हंसेगा इसके ऊपर तु, बनाऊं पहले हाथों से बनता था टाइम लगता था जापान के साइंसदानों ने ऐसी जनाब मसाला डालो भगवान बनके फॉरन बाहर मेरा मकसद खुदा की कसम किसी मजहब का मजाक उड़ाना नहीं है मेरा मकसद इंसानियत के बारे में यह बताना है कि इंसान को अल्लाह ने बहुत बड़ी फजीलत दी है बनी आदम पुरान कहते है हमने बनी आदम को बड़ी इज्जत दी है वहा हम अल्लाह फिल बिवल बहर समंदरों को भी इसके ताबे बना दिया और हवाओं और खुशकियों को भी इस मुसर कर दिया सारी कायना तुझे सजदा कर रही है इंसान को सजदा कर रही है और इंसान अपने हाथ से बनाए हुए पत्थर को सजदा कर रहा है मैंने जब ये मंजर अपनी आंखों से देखा ना, हालांकि वीडियोस में क्लिप में तो बहुत दफा देखा तो कुछ भी नहीं हुआ मैं अजीब और मैं बार बार अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मुस्लिम घराने में पैदा कर दिया अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मुसलमान पैदा कर। खुदा की कसम अपने मां बाप का ना सबसे बड़ा एहसान ये है कि उनकी वजह से तुम्हें कलमा मिला है कुछ भी तुम्हारे मां बाप का तुम पर एहसान होता ना कुछ भी ना होता ना खिलाते ना पिलाते घर से निकाल देते ये कम एहसान है कि वो मुसलमान थे जिसकी वजह से तुम क्या हो तुम भी मुसलमान हो यह एहसान ये भी तो उनकी वजह से हुआ ना अगर हमारे मां बाप इस्लाम को छोड़ देते पता नहीं हमारा क्या बनता वो मौत तक क्या थे ईमान पर मौत हुई है ईमान पर जिसकी वजह से हम हम भी क्या है अल्लाह ने हमें इस बहुत बड़ी आजमाइश से बचा लिया कल्चर सोसाइटी खानदान इंसान को जहन्नम का ईंधन बना देता है कैसी पढ़ी लिखी खातून होगी वो क्या होगी बहरहाल और वो क्या कर रही है उसके सामने झुक रही है जब हम कुरान में वही पढ़ते हैं आज जो हमने पढ़ी है ना कुरान में वाला ना ली मिनल को बड़ा गजब आता है देखो खुदा एहसास लेस जात नहीं है ये जहन में रखो बहुत से लोग खुदा को ऐसे डिफाइन करते हैं कि उसने बनाया और बना के भूल गया ना ना ना ना ना, ना। हम खुदा को समझेंगे खुदा की सिफात को खुदा ही से समझेंगे अल्लाह बताता है कि मुझे गुस्सा भी आता है मैं अपने बंदों से मोहब्बत भी करता हूं मुझ में गैरत भी है ये सारी अल्लाह की सिफातें हाँ उनकी कैफियत में हम नहीं जाते कि उसको गुस्सा कैसे आता है हमारी अकल से क्या है वो ऊपर की चीजें लोग कहते हैं ना उसका गुस्सा कैसा है क्या वो टेंशन में आ जाता है अब भाई इतनी तफसी हमें नहीं बताई लेकिन वह एहसास लेस नहीं है हमें कुरान और सुन्नत से पता चलता है कि जिस खुदा ने हमें बनाया है वो अच्छे कामों की वजह से अपने बंदों से मोहब्बत भी करता है वो अपने बंदों से नफरत भी करता है बुराइयों की वजह से उसको गज़ब भी आता है वो रहम भी करता है ये सारी सिफात है उसकी तो अल्लाह को सबसे ज्यादा गज़ब पता है किस वक्त आता है जब कोई जिना करता है ना ना ना, ना. उस पर भी आता है बहुत ज्यादा जब कोई चोरी करता है ना ना ना ना ना, ना उस पे भी बहुत आता है लेकिन सबसे ज्यादा नहीं आता जब कोई माँ बाप का दिल दुखाता है उस पर भी बहुत गजब आता है सबसे ज्यादा नहीं आता जब कोई नमाज छोड़ता है यकीनन बहुत गुस्सा आता है सबसे ज्यादा नहीं आता जब कोई कत्ल करता है बहुत गुस्सा आता है सबसे ज्यादा उस पर गुस्सा नहीं आता जब कोई चोरी करता है उस पर भी बहुत गुस्सा आता है सबसे ज्यादा गुस्सा नहीं सबसे ज्यादा गजा बल्लाह को उस वक्त आता है कि जिसने जिसने आपको बनाया जो आपका खालिख है जो खुदा है आप उसको छोड़कर किसी और के सामने सर झुकाते हो उस वक्त बहुत गुस्सा आता है उसको क्योंकि गैरत है ना उसमें देखो आपके बाप को गुस्सा आएगा उस वक्त भी बाप कह रहा है पानी पिलाओ आप पानी बोलो नहीं पिलाते गुस्सा आता है बाप को सबसे ज्यादा इसमें नहीं आएगा गुस्सा आपके बाप को इस वक्त भी गुस्सा आता है जब वो कहते हैं मेरे पाओ दबाओ आप पाओ नहीं दबाते जब वो कहता है ये काम करो आप ये काम नहीं करते लेकिन अगर आप अपने बाप को कह दो कि आप मेरे बाप नहीं हो जबकि आपको पता है कि ये कौन है यकीन है कि पैदा इस, मैं पैदा इससे हुआ हूं बाप कौन है मेरा बोलो ये लेकिन आप कहते हो बाप को नाम से पुकारना शुरू कर दो और जो गैर है उसको बाप कहना शुरू कर दो यह इंतहा हो जाएगी गुस्से की बाप कहेगा तूने मेरी वल्दियत ही चेंज कर दी तूने आईडी कार्ड से नादरा से मेरा नाम निकाल दिया इसके बाद अब क्या है बोलो ना बस अब नहीं उस, अगर हो अगर गैरत होगी शोहर को बीवी की नाफरमानी पे गुस्सा आता है खाना नहीं खिलाया टाइम पे बदखलाती कर रही है लेकिन अगर शोहर में गैरत हो और औरत कहे मैं रात उस मर्द के साथ गुजारूंगी तुम्हारे साथ रात बोलो ना नहीं गुजारू यहां मर्द क्या हो जाएगा अगर गैरत है कहेगा ये ये एंड है ये अब नहीं हो सकता क्योंकि जो मोहब्बत शोहर को मिलनी चाहिए थी औरतें फरमा बरदार भी होती हैं ना फरमान भी होती हैं ये सबको होता है औरतों में कुछ अच्छी होती है कुछ थोड़ी खराबी होती है शरीय ने हुक्म दिया भाई औरत को टेढ़ी पसली से अल्लाह ने बनाया पूरा सीधा करने लग जाओगे तलाक की नौबत आएगी जैसी है बर्दाश्त करो चलाओ घर लेकिन एक हद है ना आपकी बीवी कह रही है मैंने रात कहां गुजारनी है मैं किसी और के बिस्तर पर सोगी शोहर बेशक मेरे आप हो तो आप क्या कहोगे अगर गैरत होगी आप कहोगे भाई ये क्या इनफ़ इससे ज्यादा बर्दाश्त बोलो नहीं हो सकता दुनिया में जेना भी होता है शराबे भी पी जाती हैं अल्लाह ने इन जुर्मों पे सजा रखी आखिरत में लेकिन इस सजा पाने के बाद आप जहन्नम से निकल जाओगे बेनमाजियों को भी सजा मिलेगी जहन्नम में जलेंगे सजा खत्म होने के बाद बोलो निकाल दिए जाओगे जो मां बाप के ना थे सजाओं में जलेंगे सजा खत्म होने के बाद बोलो निकाल दिए जाएंगे जिन्होंने किया सजा मिलेगी निकल जाएंगे सूदखोर सजा मिलेगी निकल जाएंगे जो खुदा के अलावा किसी और दर पे झुके किसी और से मुरादे मांगना शुरू कर दी देने वाला वो है मांग किससे रहे हो किसी और से मांग रहे हो इस पर जितना अल्लाह को गजब आता है इतना किसी और अमल पर अल्लाह को गजब बोलो नहीं आता कितनी बड़ी नेमत है तौहीद। तो मुझे एहसास हुआ जब मैंने पहली दफा प्रैक्टिकली किसी को देखा ना पत्थर के सामने झुक रहे और अल्लाह से अल्लाह तूने हमें इस अजाब से क्या किया हमारा कहा कमाल है भाई और एक बात भी पता चली कि, कि कल्चर कल्चर कल्चर तबाह कर देता है इंसान को ऐसा काम करवाता है आपका कल्चर आपका खानदान क्या आपको जहन्नम का ईंधन मना हिंदू पत्थर की इबादत क्यों कर रहा है क्या कोई साइंसदानों ने कहा है क्या कोई तहकी है क्या कोई लॉजिक है क्यों मेरे अब्बा क्या करते थे मेरे दादा झुकते थे हमारी परंपरा है हमारा कल्चर है ईसाई ईसा को अल्लाह का बेटा क्यों कह रहा है अल्लाह भाई लमितमय यूल वो खुदा है वो ना किसी को जनता है ना उसे उसने किसी को ना वो किसी से जना गया ये अकल कहती है ये खुदा तो मखलूक से अलग है ईसाइयों ने क्यों कह दिया ईसा अल्लाह के बेटे सूर्य आमरान में जगह जगह अल्लाह हजरत ईसा का नाम बड़े एहतराम से मोहब्बत से ईसा बार बार कह रहे हैं कि अब रबी वरब कौम उसकी की इबादत करो अल्लाह बार बार कुरान में ईसाइयों से खिताब करने रहे हैं खिताब है ईसाइयों से सूर आमरान में ए अहल किताब तुम्हें क्या हो गया अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है एक रुतबा देता है वो कभी लोगों से अपनी इबादत नहीं करवाएगा वो लोगों को किस तरफ लेकर जाएगा खुदा तो ईसा इब मरियम अपनी तरफ क्यों लेकर आएंगे तुम्हें यूं क्यों कहेंगे मैं खुदा का बेटा हूं मेरी इबादत करो वो कहेंगे अल्लाह वाले बनो किसकी तरफ जाओ जो सफीर होता है जिसका सफीर होगा उसकी तरफ लेके जाएगा ना वो सफीर खुद थोड़ी हाकिम बन के बैठ जाएगा अमेरिका किसी को सफीर बना के भेजे तो अमेरिका का पैगाम लेकर आएगा ना वो ना ये कि वो लोगों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर देगा अल्लाह ने बताया ईसा इबन मरियम अल्लाह के बेटे नहीं है अल्लाह के नुमाइंदे हैं सफीर हैं जो अल्लाह का सच्चा सफीर होगा वो अल्लाह से जोड़ेगा वो अपने आप से लोगों को नहीं जोड़ेगा वो ये नहीं कहेगा मुझसे मांगो कुरान ईसाइयों से खिताब कर रहे हैं मैंने जब हम जब हरम में थे सोने आल इमरान इमाम हरम तिलावत कर रहे हैं बड़ा मजा आ रहा था ना तो मैंने साथियों से कहा कि कितने अरब गैर मुस्लिम हैं मिसर में शाम में ईसाई हैं क्या वो ये आएते नहीं समझते कितनी वाजें आयते हैं कुरान की उनकी तो जबान है अरबी लेकिन क्यों इतनी वाज आयतें कुरान की यहूदियों को ईसाइयों को खिताब कर रही है नेचर को फिर अल्लाह ने ईसाइयों से क्या कहा इन्ना मसला ईसा इन अल्लाह ही का मसली आदम ए ईसाईयो तुम ये कहते हो जो बग़ैर बाप के पैदा हो गया तो इंसान तो बगैर बाप के नहीं पैदा हो सकते इसका मतलब इन, इनका बाप माजल्ला कौन है खुदा है तो तुम्हें क्या क्या हो गया अगर ये बात करनी है ईसा देखो ईसा की मिसाल ऐसे जैसे आदम आदम तो बाप और मां के बगैर पैदा हो गए वो जब अल्लाह के बेटे नहीं है ईसा की तो फिर भी माँ तो अल्लाह ने अपनी ताकत से बगैर बाप के पैदा कर दिया तो कर सकता है जैसे माँ और बाप दोनों के बगैर आदम को पैदा कर लिया जैसे आदम खुदा के बेटे नहीं है माबूद नहीं है ईसा भी खुदा के बेटे और महबूद नहीं अल्लाह के बरगुजीदा पैगंबर है और अल्लाह कुरान में बार बार कह रहा है कि यह सिर्फ इस्लाम की तालीम नहीं है ईसा इब्ने ने मरियम की यही तालीम है तुमने ईसा को छोड़ दिया है ईसा के मजहब को फॉलो करोगे तो तुम्हें तौहीद नजर आएगी उसमें तुम्हें शिरक नजर नहीं आएगा तो यह कल्चर है मेरे भाई माहौल है जो इंसान को कहा ले जाता है बोलो गुमराही की तरफ लेके जा कुरान क्लियर करता है उसको वो देखो कि अकल क्या कहती है और खुदा क्या कहता है तो यह पूरी कुश्ती है अकल की और किसकी दिल की दिल कल्चर को फॉलो करवाता है मां बाप को फॉलो करवाता है अकल कहती है ना ना ना ना ना मेरा बाप अगर पत्थर के बने हुए बुतों के सामने झुका था मेरे बाप से मिस्टेक हुई है मैं ये मिस्टेक बोलो नहीं करूंगा मेरे बाप अगर मजारों पे जाके बुजुर्गों से दुआएं मांगता था मेरी माँ मांगती थी मेरे पीर मांगते थे उससे मिस्टेक हुई है मैं बुजुर्गों की खबरों पर जाके दुआएं नहीं मांगूंगा हाजा पूरी करने वाला कौन है सिर्फ अल्लाह अब तो मुशरकिन नबी की खबर पर जाके माजअल्ला नबी से मांग रहे होते हैं ऐसे ऐसे अल्फाज के मुझे वहां मदीना में गया भाई मुफ्ती साहब आप नबी से मेरे लिए ये दुआ मांगे मैंने कहा यार जो तोहीद के अलम्बरदार पैगम्बर हैं आप हरम में बैठ के ये बातें कर रहे हो नबी से थोड़ी दुआ दुआ किससे मांगी जाएगी अल्लाह से मांगी जाएगी हाजत कौन पूरी ये तो जो कबर में मौजूद है नबी सल्लाह वसलम उनकी तालीमत को तुम उनकी खबर पर जाकर धरिया उड़ा रहे उनकी तालीमत की कैसी अकल है कैसी जहालत है बस जो पीर साहब जो बुजुर्गों ने जो जो जाहिल बुजुर्ग हम बुजुर्ग लैस नहीं है अलहमद कि बुजुर्गों ही का इनकार करते हैं बुजुर्गों की भी कितनी किस्में हैं दो किस्में कुछ तौहीद परस होते हैं कुछ मुशरक और बिदती होते हैं तो अकल से काम लो मेरे भाई तो ये जो अकल अल्लाह ने इंसान को दी ना अकल और दिल तो अल्लाह को इस मखलूक से सबसे ज्यादा प्यार है क्योंकि अब ये नेक काम करेगा तो ये ऐसे नहीं कर लेगा जैसे फरिश्ते करते हैं फरिश्तों के पास बुराई का ऑप्शन नहीं है इसके पास ऑप्शन है हिंदुओं में कितनी लड़कियां ऐसी हैं 17, 18 साल की जो इस्लाम कबूल कर चुकी हैं वो डर है उनको कि हमें माँ बाप कतल कर देंगे लेकिन वो बताती हैं कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है हम उस मज़हब को नहीं फॉलो कर सकते जो हमें शिर की तरफ लेके जाता है छोटी छोटी बच्चियाँ यार लेकिन अल्लाह ने उनको क्या दी है अकल दी है कहते हम अगर बता देंगे मार देंगे जान से हम फिर वो मेरा क्लिप सुना हुआ होता है उन्होंने कि अपने इस्लाम को छुपाया जा सकता है ऐसी मजबूरी में शो नहीं किया जा सकता तो मैं उनसे इब्रत मैं हासिल करता हूं इब्रत एक तो लड़की में कॉन्फिडेंस कम होता है फिर उमर देखो तो मैं अपने बारे में डरता हूं कि इन्होंने माहौल से इतनी मुखालफत की कल्चर के असर को कबूल नहीं किया हम तो पैदा ही मुसलमानों में हुए हैं भाई हमें तो मां बाप से मोटिवेशन मिली हमें तो माँ बाप ने नमाज़ सिखाई हमसे तो इनसे ज़्यादा बड़ा सवाल होगा अगर हम नमाज छोड़ेंगे अगर हम तोहीद का रास्ता छोड़ेंगे अगर हम अल्लाह की इताफ़ और मबरदारी छोड़ेंगे हमें दुगना आज़ाब हो सकता है क्योंकि कल्चर हमें सपोर्ट कर रहा है और उनका कल्चर उनके अगेंस्ट चल रहा है फिर भी वो कल्चर की मुखालत करें और हमें कल्चर अच्छाई पर सपोर्ट कर रहा हो फिर भी हम कल्चर के मुखालिफ चलें और बुराई पर जाएं तो हमारी सजा उनकी नस्बत दोगुनी होगी तो अल्लाह त दुआ है कि अल्लाह इस रमजान की बरकते हमें दे अकीद तो पर अल्लाह हमें मजबूती से कायम रखे और अल्लाह हमसे वह तमाम बुराइयां छुड़वा दे जिन बुराइयों को अल्लाह ने अपनी इस किताब में